जब रामप बिपिदा आई कौन बना रखवाला मेरा बजरंग बाला हो मेरा बजरंग बाला मेरा बजरंग बाला हो मेरा बजरंग बाला सीता को राम से कौन मिलाने वाला मेरा बजरंग बाला हो मेरा बजरंग बाला, बाला, बाला, बाला. बाला मेरा बजरंग बाला ओ मेरा बजरंग बाला राम पवीप जा आई कौन बना रखवाला मेरा बजरंग बाला मेरा बजरंग बाला ओ मेरा बजरंग बाला। जितने काम थे मुश्किल बजरंगी कहीं से आए जितने काम थे मुश्किल बजरंगी कहीं से आए हनुमान के सिवा कोई सागर ना लंघ पाए हनुमान के सिवा कोई सागर ना लंग पाए रावण की सोने की लंका रावण की सोने की लंका कौन जलाने वाला मेरा भजरा बज... ओ मेरा बजरंग बाला ओ मेरा बजरंग बाला ओ मेरा बजरंग बाला लगी शक्ति जब लक्ष्मण को और भारी मूर् आई लगी शक्ति जब लक्ष्मण को और भारी मूर्छ आई धरती पर जब लखन को देखे रोने लगे रघुराई धरती पर जब लखन को देखे रोने लगे रघुराई संजीव नीला करे लखन को संजीव नीला करे लखन को कौन बचाने वाला मेरा बजरंग वाला मेरा बजरंग वाला मेरा बजरंग बाला हो मेरा बजरंग बाला जब राम रामक विपिदाई कौन बना रखाला मेरा बजरंग बाला मेरा बजरंग बाला मेरा बजरंग बाला, मेरा बजरंग बाला। जो हनुमान न होते तो राम कहानी न होती जो हनुमान न होते तो राम कहानी न होती श्री राम की महिमा घर घर जानी नहीं जाती श्री राम की महिमा घर घर जाने नहीं जाती कहे पवन भक्ति का डंका कहे पवन भक्ति का दम का कौन बजाने वाला मेरा बजरंग बाला मेरा बजरंग बाला राम प विपजा आई जब राम प विपजदा आई कौन बना रखवाला मेरा बजरंग बाला मेरा बजरंग बाला मेरा बजरंग बाला मेरा मेरा बजरंग वाला विभीषण ताना मारे बजरंगी से सह न जाए विभीषण ताना मारे बजरंगी से सहा न जाए भक्ति कहते हैं किसको ये सबको ज्ञान कराए भक्ति कहते हैं किसको ये सबको ज्ञान कराए भरी सभा में चीर के छाती भरी सभा में चीर के छाती कौन दिखाने वाला मेरा बजरंग बाला मेरा बजरंग बाला मेरा बजरंग बाला मेरा बजरंग बाला जब राम तो विपद आई कौन बना रखवाला मेरा बजरंग बाला मेरा बजरंग बाला माता पिता को राम से माता सितता को राम से कौन मिलाने वाला मेरा बजरंग बाला मेरा बजरंग बाला ओ मेरा बजरंग बाला मेरा बजरंग बाला